मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका कि नाम है टेक बिहारी जी चैनल मित्रों आज एक बड़ी खबर जी हां मित्रों बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा, टी टी टी के द्वारा पीजीटी और टीजीटी के लगभग चार हजार से ऊपर पदों के लिए वैकेंसी घोषित कर दी गई है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 जून 2022 से यानी कल से स्टार्ट हो रही है तो मित्रों तो एक बड़ी खबर जिसका कि हम सभी को इंतज़ार था तो अगर आप ही यूपी में टीचर बनना चाहते हैं तो एक खबर आपके लिए है आइए जानते हैं पूरी खबर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक जो खबर है ये जो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा दिनांक 8 जून 2022 को निकाला गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा के एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट जी हाँ मित्रों ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है डब्ल्यू डब्ल्यू पर जारी करते हुए दिनांक 9 छः बाईस से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना है ऑनलाइन आवेदन भरने के, प, के लिए प्रस्तृत अनुदेश चैन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भली अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तद आवेदन करें आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 9 सात 2022 है इसके पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा तो मित्रों एक महीने का समय दिया गया है यहां 9 जून से 2022 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और 9 जुलाई तक भरे जा सकते हैं तो पूरा एक महीना आपके पास है तो जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं वो इस वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं उसका समुचित प्रकार से उचित प्रकार से संपूर्ण और समग्र अध्ययन करने के बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करें धन्यवाद